यार आसू हाँ। जब पति परमेश्वर हो गए तो बॉयफ्रेंड भी तो छोटा मोटा देव तो ही होगा <laughs> है नहीं पाई। पाई। <laughs>